हेलो गाइज कैसे हैं आई हो आप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह मैं आज एक कंटेंट और लेकर के आया हूं तो चलिए मैं बता दूं कि आज का कंटेंट हमारा क्या है तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे पास एक ओप्पो रैनो थ्री प्रो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओप्पो का रैनो थ्री प्रो है सेट है जो किस में पैटर्न लगा हुआ है फ्रेंड तो उसके पैटर्न को हम अनलॉक करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा तो इसको कैसे अनलॉक करेंगे आपने जो थंबनेल में देखा है कि बिना किसी कंप्यूटर बिना किसी पीसी के रेनो थ्री प्रो है तो इसको हम करने वाले हैं अनलॉक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है किसी यूज़र ने इसका पैटर्न डाला हुआ है और इसका पैटर्न भूल गए तो इसको हम करने वाले हैं अनलॉक तो वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को दबा लीजिए जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे गाइज तो आप चलिए हम बिना पीसी को करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज़ सबसे पहले आपको करना है क्या है सारी चीज़ें आपको फ़ोन को कर लेना है प्रॉपर तरीके से ऑफ़ तो मैं यहाँ पे फ़ोन को कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से ऑफ़ ये हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा तो जैसे ही फ़ोन हमारा ऑफ़ हो जाएगा गाइज़ उसके बाद हमें क्या करना है आप किसकी वैल्यूम अप ये वैलूम डाउन इसकी पावर की है यहाँ पर साइड में यहाँ पर साइड पावर की है और यहाँ पर इसकी वैल्यूम डाउन है तो वैल्यूम डाउन और पावर की को एक साथ प्रेस करके रखना है आपको ये देखिए अब जैसे ही हो जाए ये देख सकते हैं आप यहां पर रिकवरी मोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहां पे रिकवरी मोड यहां पे आपको दिखाई देगा रिकवरी मोड लिखा हुआ बहुत छोटा है पर यहां पे रिकवरी मोड लिखा हुआ है आपको वॉल्यूम डाउन प्रेस करके रखना है या वॉल्यूम डाउन आप छोड़ भी सकते हैं तो अब ये फोन हमारा रिकवरी मोड में जाएगा बेसिकली ये देखिए आ गया यहां पे फ्रेंड तो अब हमें क्या करना है जो भी आपको लैंग्वेज आती होगी आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे हमें फिलहाल इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वाइब डाटा का ये वाइफ फोन है मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूं कोई भी हमारे चैनल में फेक वीडियो नहीं बनता फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो तो चलिए यहाँ पर हम करना है सिंपल सिंपल आप ऑनलाइन अपडेट और यहाँ पर रिबूट और पावर ऑफ तो आपको यहाँ पर करना है सिंपल से सिम्पल वाइब डाटा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वाइब डाटा के नीचे एक फॉर्मेट ऑप्शन इसमें कस्टमर का सारा डाटा लैस हो जाएगा सारा डाटा डिलीट हो जाएगा तो चलिए फॉर्मेट उसके बाद जब से हमने फॉर्मेट भी क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे जीरो जीरो फाइव फोर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड मतलब एक कोड आ रहा है ऐसा नहीं कि ये यूजर का कोड है ये आपका एंड्रॉयड के ऊपर निर्भर करता है कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप ट्राई कर सकते हैं बाकी कमेंट करके ये ना बोलें कि अपडेट हो गया है जो भी है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो चलिए जो कोड है दिख रहा है हम उसको फिल कर देते हैं जीरो तो जैसे आप उसको कोड को डालेंगे तो देखेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन हमारा आ गया तो बिना किसी पीसी बिना किसी कंप्यूटर बिना किसी टूल के यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये वाइव हो रहा है रैनो 3 प्रो है ओप्पो का आपके सामने हम लाइव कर रहे हैं इसमें पैटर्न लगा हुआ था सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी और ये हम कर रहे हैं लाइव तो गाइज ये आप देख सकते हो अभी वाइव डाटा हो रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे हमारा ओपन हो जाएगा हम आपको यहाँ पर चालू करके दिखाते हैं देखिए सक्सेसफुली वाइफ हो चुका है अब सिंपली अपने आप रिबूट हो जाएगा तो फोन ये देख सकते हैं रिबूट हो गया है अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ साइड में गाइस अब ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा फ्रेंड क्योंकि अगर ये अभी फॉर्मेट हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम वीडियो को स्कीप करेंगे और जैसे हमारा हो जाएगा तो आपको मैज़िक से मैज़िक ट्रिक आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे तो अब बूट हो रहा है तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है अब इसे हम सिंपल सिंपल अगर इसमें एफ़ आर पी लगाओगे या कुछ भी लगाओगे तो आप इसको चुटकी में इजी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका यह ट्रिकटी काम करेगा तो इसकी आप एफ आर बाईपास भी कर सकते हो तो चलिए यहाँ पे सिंपल और सिंपल हमें डालना है स्टार हैज़ एट वन थ्री और हैज। जैसे आप इसको फिल करोगे स्टार हैज़ एट हैज़ और ये आपका चुटकी में हो जाएगा अगर नहीं होता है फ्रेंड तो ये हमने फॉर्मेटिंग का वीडियो बताया है या आप सब में अप्लाई नहीं होता है कुछ में काम करता है और कुछ में काम नहीं करता है तो ये स्टार है आठ क्योंकि एंड्रॉयड पैच के ऊपर होता है ये आपके निर्भर करता है कि ये काम करता है कि नहीं करता है बाकी ओप्पो एंड रियल मी में ये कोड वर्क करता है अगर इसमें काम नहीं कर रहा है तो सिंपल और सिंपल हम इसे आगे का प्रोसेस कर लेंगे तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्योंकि सब में आपको एक बार ट्राई करना है फ्रेंड ए ओप्पो और रियल में अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं अब यहाँ पे कर देते हैं फिलहाल स्किप और यहाँ पे कर देते हैं फिलहाल नेक्स्ट और यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट मोर आपको वो कोड अप्लाई करना है फिलहाल अभी मैं यहाँ पे लेटर कर देता हूँ अभी यहाँ पे भी लेटर कर देता हूँ और यहाँ पे रिकमेंड नेक्स्ट और यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे अभी स्किप कर देता हूँ फिलहाल और ये हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से हो ही गया फ्रेंड फॉर्मेट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली प्रोसेस हमारा ये फ़ोन ऑन हो गया ये वही फ़ोन था मैंने आपके सामने लाइव दिखाया है मैंने कोड भी डाला था इमरजेंसी में जा कर के स्टार हैज़ स्टार हैज़ एट वन थ्री हैज़ ये कोड आपको काम करता भी है और काम एंड्रॉयड 11 के ऊपर काम नहीं करता है तो आप यहाँ पे एंड्रॉयड 10 के एलेवन नहीं काम करेगा तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें ये हमारा बहुत इजी तरीके से हो चुका है फॉर्मेट हो चुका है आयु भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट और हमारे स्मार्ट टेलीकॉम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में